आप किसी जगह नौकरी करते सैलरी पैकेज बड़ा अच्छा है आने जाने में आसानी है लेकिन जिस जगह आप जॉब करते हैं जहां आप काम करते हैं उस अमले के साथ बनती नहीं प्यार नहीं तो अच्छे पैकेज होने के बावजूद भी ड्यूटी पर जाने को दिल नहीं करता इसका मतलब है कि सैलरियाँ ज्यादा होना जरूरी नहीं मोहब्बत होना भी जरूरी है हमारे यहाँ एक अरसे से ये मसला है कि नफरतों के पैगाम बहुत ज्यादा हो गए कोई तंजीम कोई जमात कोई सरकारी गैर सरकारी इदारा ऐसा बचा नहीं जिसके बारे में नफरत अंगेज गुफ्तु न की जाती हो वतन की मोहब्बत वतन का प्यार मिल्लत का प्यार लोगों के दिलों में होता था लेकिन इस तरह का माहौल बनाया गया कि नौजवान नस्ल जान छुड़ाती है कि मुझे मुल्क से जाने दिया जाए कहीं और जाके आबाद हो जाऊ हमारे यहाँ इस कदर ज्यादा नफरत अंगेजी की जाती है इल्ला माशाल्लाह, कि नौजवान बच्चे ये कहते नजर आते हैं कि मैंने अपनों में रिश्ता नहीं कराना अपना ना हो बेगाना कोई भी हो क्यों कि हम खुद इस तरह की कहानियां उन्हें सुनाते हैं इस तरह अपनों के शिक्वे उनके सामने रखते हैं कि वो किसी और के साथ तो शायद कुछ वक्त गुजार लें लेकिन अपनों के बीच उनके लिए टाइम गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता महबत जिंदगी का उसन है महबत जिंदगी का नूर है मोहब्बत जिंदगी का माह हासिल है और इकबाल कहते हैं मरीज मोहब्बत मुजाहिद ना गाजी मोहब्बत की रस्में न तुर्की न ताज़ी वो कोई और शय है मोहब्बत नहीं है सिखाती है जो गजनवी को अयाजी कई दफ़ा आका अपने गुलाम की मर्जी के मुताबिक डलना शुरू कर दे तो फिर तो ये मोहब्बत से कोई आगे की शय हुई ना तो मेरे अजीज प्यार मोहब्बत बड़े सारे लोग मिलेंगे जो तबीयत को तलख करते हैं बड़ी सारी बातें हो जाती हैं जो इंसान के मिजाज को कड़वा कुशैला करती हैं लेकिन सोसाइटी के मुताबिक अगर हम ढलेंगे तो हमारा मिजाज भी कड़वा कुशैला हो जाएगा कोई कुछ भी करे अल्लाह के महबूब ने फरमाया मिशकात में हदीस मौजूद है वजूर फरमाते हैं मोमिन मोहब्बत वाला होता है मोमिन उल्फत वाला होता है फरमय उसमें उस कोई खैर नहीं जो ना मोहब्बत करे और ना उससे मोहब्बत की जाए चलो जी बड़िया हो गई साड़ी सा सुननी जी ये मुहब्बत की गल नहीं की थी मैं देखे ना मेरा दिल कर रहा है मुझे देखे मेरी बात सुने अल्लाह आपको खुश रखे मोबाइल तो अल्लाह महंगे महंगे देवे कभी जेब च पा के भी वेखी दे भला की होंगे ये जो वीडियो बना रहे हैं वो भी बनाए लेकिन मेहरबानी करें मतलब इसी इसी को देखते जाना सारा दिन और भी गम है जमाने में उन पर भी तो होनी चाहिए तो आप थोड़ी मुझे बात करने का मौका दें वैसे ही मैंने बातें थोड़ी करनी होती हैं अल्लाह ताला आपको जज़ाय ख़ैर दे और आज मेरी कुछ तबीयत भी थोड़ी बोझल है अल्लाह तबारक व ताली अपनी रहात हम सब को नसीब करें अजीज़ दोस्तों प्यार मोहब्बत सोसाइटी को देख कर को देख कर, लोगों का लबा देख कर अपने माहौल को कभी भी कड़वा ना करे लहजों को कभी तलख ना करें आप जो हैं उस मोहब्बत वाले अंदाज को कभी फरामोश ना करें रब करीम के जो बंदे होते थे ना वो नजरियाती होते थे हमारे यहाँ लोग नजरियाती नहीं माशा हमारे यहाँ जिस तरह का माहौल होता है सारी दुनिया वही बातें करनी शुरू कर देती है मीडिया भी बड़ा किरदार अदा करता है जब वो कश्मीर के मजलूम मुसलमानों की दास्तान सुनाता है तो तवज उधर हो जाती है और जब वो कश्मीर की खबरें देनी छोड़ देता है तो हम कश्मीर के लिए दुआ करने भी छोड़ देते हमारा मिजाज ये है कि जिस तरफ हवाएं चलती हैं उधर के हो जाते जिस इदारे के खिलाफ जिस जगह के खिलाफ सारे बात कर रहे होते हम भी बात करना जरूरी समझते हैं और बगैर सोचे समझे बगैर गौर किए कि ये कहने वाला जो है ये किस मैार का है किस स्टेटस का है किस मिजाज का है हर बात को कबूल कर लेते हैं हमारे यहां ना हदीस कबूल करते हैं मुहदसी तो हदीस कमजोर कौन सी होती है लफ्ज तो कमजोर नहीं होते रावी कमजोर होता है तो मुहदीस कहता है इसकी बात नहीं लेनी बंदा कमजोर है हम जिसकी मर्जी बात ले, ले लेते हैं बस चैनल से ही होना चाहिए फोटो अच्छी आनी चाहिए वो मेरे भाई यूं चले आओ ना बरछी कर अपना बहगा जरा पहचान कर और किसी ने कहा था कि जमाने में जो जीना है तो कुछ पहचान पैदा कर लिबास खजर में यहां सैकड़ों राहजन भी फिरते हैं थोड़ी थोड़ी पहचान पैदा करके जीना चाहिए सब तरफ लोग जा रहे हैं तो उधर ही चले जाएंगे मोहब्बत का लहजा कभी ना छोड़े मुस्बत बात कभी ना छोड़ें अपने मिजाज को तबीयत को कभी मनफी ना होने दीन इस्लाम का अगर कोई दूसरा नाम पूछे तो दीन इस्लाम का दूसरा नाम दीने दीन मोहब्बत है फरमाईमान वाले रब से शदीद मोहब्बत करते हैं ये जो सारी सारी दाद नमाजें पढ़ी जाती है नोबत से पढ़ लेते थे ये जो बच्चे कुर्बान कर दिए जाते हैं और जनाब इब्राहिम अपने बेटे की गर्दन पर छुरी रख देते हैं रब की मोहब्बत में रख देते हैं ये जो अपना कमाया हुआ माल सारा लाकत षस्मान खनी ने पेश कर दिया अल्लाह की मोहब्बत में पेश कर जो जो सियाबा बच्चों समेत आ गए मैदान में, में जाने देने के लिए रब रसूल की मोहब्बत में आ गए हर चीज से बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत हर शायद से बढ़कर कोई उसमें रुकावट ना हो और फिर दूसरा अल्लाह के महबूब सलाम ने तो हदबंदी तो कर दी हजूर फरमाने लगे जब, जब तक हर चीज से बढ़कर मुझसे प्यार नहीं करोगे तुम्हारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होगा हम ना जज्बाती नारे लगाने के बड़े शौकीन हैं और आजकल तो वैसे ही मसला बड़ा मतलब अनोखा है सीधा हाथ खड़ा कर लो फिर थोड़ी देर के बाद उल्टा खड़ा कर लो फिर दोनों खड़े कर लो और फिर ऊंचा पढ़ो अच्छा वो जो ऊंचा पढ़ाने वाला होता है ना वो कई दफा जब पीछे बैठा होता है ना दूसरे की बारी तो खुद नहीं पढ़ रहा होता मैं चूंकि स्टेज पे होता हूं मेरा दिल करता है उन्होंने कहा भाई उन त्यू आप चौपे बेचारे लोग आ जाते हैं महफिल में कोई बीमार भी होता है कोई किसी तरह भी होता है तो आप सिर्फ ऊंचा नीचा पढ़ने की बुनियाद पर इश्क का तकाज़ा करेंगे यहीं से हिसाब लगाएंगे कि आशिक कौन है और गहरे आशिक कौन है संजीदा स्टेज पे संजीदा बातें अच्छी लगती तो मेरे अजीज हुजूर ने फरमाया हर चीज से बढ़कर मुझसे मोहब्बत अब हम क्या करते हैं जज्बाती बातें सहाबा यू नहीं करते थे गौर करके मैंने जैसे कहा ना कि जिधर हवा उधर नहीं तवज्जो करके जो दावा करते थे फिर उसको पूरा टटोल कर बात करते थे फारूक मुझे आप हर चीज से ज्यादा प्यारे ये भी बहुत बड़ा दावा है बरादरी से ज्यादा कबीले से ज्यादा औलाद से ज्यादा दौलत से सोचने करनी चाहिए बात पैसे सामने रख के देख के फिर फैसला करना चाहिए कि पैसे ज्यादा प्यारे हैं कि हजूर की ज़्यादा प्यारी हम दावे करते हैं पर उन पर गौर भी करें गौर करें यहाँ बड़े लोग हैं जो बात करते वक्त बड़ी कर जाते हैं और उस दावे पर दलील पेश करने की बारी आती है तो कमजोर पड़ जाते इला माशा चंद लोगों की बात करना उबरना महबूब से मोहब्बत करने वाले बेहिसाब थे और बेहिसाबी रहेंगे नबी पाक सलाम से अर्ज की या रसोल्लासम आप मुझे हर चीज़ से ज़्यादा प्यारे हैं लेकिन हुजूर मुझे लगता है मुझे अपनी जान आपसे ज़्यादा प्यारी है सोच समझ के आए थे सोच समझ के बात की हुजूर मुझे मासूस होता है उन्होंने बात ठीक की क्लियर की तो महबूब करीम सलाम ने भी कोई गुंजाइश नहीं दी कि ठीक है आहिस्ता आिस्ता ये भी सही हो जाएगा फौरन फरमाने लगे अगर जान मुझसे ज्यादा प्यारी तो फतवा भी सोना अभी तेरा ईमान नहीं मुकम्मल हुआ और साथ महबूब करीम ने उनके सीने पर दस्त शबकत भी फेरा फौरन हजरत उम्र बोले अर्ज की आप हुक्म करें मैं जान भी कुर्बान करने को तैयार हूं फर्मा अभी मुकम्मल हुआ है मुहबतों पर गौर करना है हमें एक तो रहे मोहब्बत वाले बगैर मोहब्बत के जिंदगी तलख रहेगी तुर्श रहेगी कड़वी रहेगी कुसैली रहेगी और जब मोहब्बत करें तो फिर उसे कायदों जबतों के साथ करें फिर मेरा दावा ना करें फिर उसकी दलील भी हो फिर उसका सबूत भी हो वो हमारे सियासतदान कहते हैं हमें भी वो से मोहब्बत है तो हमने कहा जी ठीक कह है रहे हैं आप कोई दलील उसकी कोई उसकी दलील कि ना मोहब्बत है तो उसकी आपके चार बच्चे हैं आप बार बार आपको कहना नहीं पड़ता कि मुझे चौथे से प्यार है या पहले से प्यार है या तीसरे से प्यार है वो खुद ब खुद ही बाकी के बच्चे हिसाब लगा लेते हैं कि अबा जी को छोटी वाली बेटी से ज्यादा प्यार है खुद ब खुद ही बच्चे ऐतजाज नहीं करने लग जाते मोहब्बत की अलामतें होती है ना मोहब्बत बताई जाती उसकी तो खुशबू आती है आप में है तो खुशबू आए बात खत्म हो गई हमारा कब दावा है कि किसी ने ठेका लिया हुआ है लेकिन उसकी कुछ अलामत भी हो ना कुछ सबूत भी हो कुछ नजर भी आए आमदाम मतलब अल्लाह से मोहब्बत करें रसूल करीम से मोहब्बत करें उस मोहब्बत की अलामतें मुझे अल्लाह से बड़ा प्यार है बड़ा प्यार है कुरान ने कहा है हर चीज से बढ़ के रब से मोहब्बत करो हर मोमिन का दाव है मुझे बड़ा प्यार है लेकिन अगर को कहे मेरी फजर में आंख ही नहीं खुलती तो भाई मेरे तो उसताद से मुझे प्यार है वो मुझे कहें कि सुबह साढ़े तीन भी आने हैं तो मैं तो जाऊंगा वो कहें ढाई बजे पहुंच जाना है तो मैं क्योंकि प्यार है अल्लाह से प्यार है और पता क्या कहते हैं तो दुआ करो मैं नमाजी हो जाऊंगा सुबह अल्लाह प्यार है अभी अल्लाह से और नमाज पढ़ने के लिए दुआ की जरूरत हालांकि कभी किसी बंदे ने नहीं कहा कभी किसी ने नहीं कहा कि खाना पक गया दिल नहीं कर रहा खाने को दुआ कर देता कभी नहीं किसी ने कहा कपड़े नए आ गए हैं दर्जी ने सी के भेज दिए हैं पहनने को दिल नहीं कर रहा आप दुआ कर देखा है कभी किसी ने नमाज की बारी ढेरों लोग दुआ कराते हैं अल्लाह से मोहब्बत करें रसूलुल्लाह से मोहब्बत करें फिर इस मोहब्बत की बुनियाद पर अल्लाह के कलाम कुरान से मोहब्बत करे करें और खूब मोहब्बत करे खूब खूब प्यार करे और अगर कुरने पाक से मोहब्बत हो ना तो अब्बास करते कि अब तो कुरानी नहीं ना पढ़ता तो कुरान मुझे भुलाता है कि आज तूने तो तिलावत क्यों नहीं की फिर दिल ना लगे पाक के बगैर जो कौम तक के नीचे मोबाइल रख के सोती है और सवेरे उठते ही सबसे पहले चेक करती है कि रात को ही देखे मैंने अभी भी कहा था जरा छोड़ रहे लेकिन नहीं छूट रहा हमसे मुश्किल हो गया हमारे लिए कौम उठता ही देखती है कि रात को ये जो मुझे छह सात घंटे सोने पड़े तो कोई आसमान तो नहीं गिर गया मोबाइल चेक प्यार आपने डाल लिया बच्चों से ले कर करना इतना प्यारा नाराज ना होना तो उनको भी मैंने देखा गर्दने झुकी हुई तो कुरान मजीद की मोहब्बत क्यों नहीं पैदा होती दिलों में क्यों राशिफ नहीं होती ये मुहब्बत दीन ने हम पर जरूरी करार दी है इससे हमारा प्यार हो इससे हमारी मोहब्बत हो इसके साथ हमारा ताल्लुक हो हम जुड़ जाए के साथ महीनों गुजर जाते हैं, लोग की भी नहीं करते। मैं एक बात अर्ज करू मेरे पेपर थे तो कुलियात इकबाल बड़ी मुश्किल से मैंने पैसे नहीं होते थे खरीद के लाया तो मुझे मेरे घर वालों ने कहा कि बहन भाइयों ने वालदेन ने कि अगर तो इकबाल को पढ़ना है तो फेल ना हो जाना कहीं तो वो दिलचस्पी बाजों का किसी चीज़ से बड़ी होती है तो मैंने ना फैसला किया कि ये मैंने ना जितने दिन कम अज़ पेपर हैं उतने दिन कुलियात इकबाल नहीं पढ़नी कुछ और पढ़ना है तो देहातों में ना गाँव में प्रछतियाँ होती हैं ऊपर बर्तन रखने को तो जो सा ऊपर वाली थी ना उसमें मैंने गुलाब चढ़ा के ना कुलियात इकबाल रख दी क्या खुल नहीं नहीं जितनी पेपर नहीं होते लेकिन वो प्यार था उस कलाम से कुछ कुछ चीज़ें बड़ी दिल को लगती थी तो तकरीबन ना रात के दस को मैंने बजाए तैयारी भी कर ली किताब भी देख ली सोने का टाइम आया तो वो कभी इस करवट कभी उस करवट बेला कर ना मैंने उतार ली किताब ऊपर से उसकी ना मैंने दो चार सफे पढ़े तो फिर जरा जान को सुकून हो गया फिर उसको मैंने वहीं तकिये में रखा और मैं कुछ चीज़ों से आपका प्यार हो जाता है जब तक आप ये तो एक छोटी बात है ना इकबाल के कलाम की बात है सिर्फ समझाने के लिए बिला मिसाल बिला तशी अल्लाह का दिलचस्पी ना हो मेरे नबी पाकल सलाम ने फरमाया तुम्हें बताऊं क्या तुम में से कोई चाहता है कि सुबह बतहान औरक जाए और जो मोटी ताजी ऊटनिया लेके आए और फिर तगडी दोनियाँ अल्लाह की राह में खराब कर दे क्या तुम में से सब कोई चाहता है की चाहते तो हैं पर इतनी करे तो ने फरमाया सुबह उठ के दो आयतें सीख सिखा लिया करो अल्लाह दो मोटी ताजी ऊंटनिया सदका कर दे से ज्यादा सवाबत आ फरमाए कितनी आयतें मुश्किल गल दे कितनी आयते हैं जब बुजुर्ग बुजुर्ग बोलते हैं बच्चों का ख्याल है शायद नौजवानों का कि कसम लगा रहे इस पढ़ नहीं सवेरे पढ़नी पढ़ी हाँ ना भी निकाल रहे मैंने तो कोई वादा भी नहीं लिया कितनी आए थे मेरी नौजवानों से गुजारिश है कुरने पाक से दिल लग बाकी सारी इतने भी इल्म हैं वो आपके हुनर से बात करते हैं क्या आपने हुनर क्या सीखना है हुनर से बात करते कुरान आपके दिल से बात करता है कुरान आपकी रूह से बात करता है रूह कुरान आपको वो बुलंदी अफकार देता है कि इंसान का जहन पर चटान बन जाता है से तीसरी बात चौथी बात अल्लाह से मोहब्बत रसूलुल्लाह से मोहब्बत कुरान पाक से मोहब्बत पर हुजूर के से से मोहब्बत आजकल ना कुछ लोग बेचारे मुझे बहुत सारे ऐसे लोगों वैसे तरस है। नहीं अपनी हैसीत नहीं देखते है और हुजूर के सहाबा तो तो देख और तू बात किन की कर रहा है तू गर्द में अड़ा हुआ और हुजूर ने फरमाया साबी कल नजू मेरे सहाबा तो आसमान हिदायत के सितारे हैं ये कायनात के वो हसीन लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने महबूब की गुलामी के लिए चुना है। खबरदार इन पर कोई और तमाम सहाबा से जु नबू बकर से लेकर हजरत अमीर मावियातवान कुशादा दिन ये जो लोग चक्कर में डालते हैं ना इनसे बचे ये बेचारे इंतशारी जहन से हैं और लोगों को इंतशार में डालते हजूरतलाम के स्याबा कैसे लोग थे जिन चौदह सिहाबा ने बदर में जान दी शहीद हुए और जिनकी वो कुर्बानी इस्लाम के पहले रोब का सबब बनी और पूरी दुनिया पे रोब छा गया आलम इस्लाम का उन चौदह सिहाबा के नाम आपको आते उनके नामों पर कभी जलसे होते सुने आपने उन्होंने नाम नहीं बनाया उन्होंने रसूलुल्लाह के दीन का काम किया है चुपके चुप चुप चुप चुप से ना चुपसे के सत्तर से आपा जिन्होंने ओहद तो में जाने दी सत्तर या बहत्तर आपको नाम आते वो खून दे, दे, दे, दे गए दे क्या सबकी औलादें गवर्नर बना दी गई थी बड़े बड़े उहदे दिए गए थे ये वो कौम है जो खून देने वाली है जान देने वाली है इनसे प्यार किया जाए किस तरह किया जाए मेरे रसूल करीम सल्लासम ने फरमाया मेरे सहाबा से प्यार करो क्योंकि वो मेरे स्याबा है Allah! मेरे गुलाम हैं मेरी वजह से उनसे मुहब्बत करो मेरे सबब से उनसे प्यार करो तो उनसे मुहब्बत करें उनकी सीरत को पढ़ें सहाबा के तजकरे हमारे यहाँ भी रिवाज बड़ा अजीब हो गया है खुलफ है की बात होती है या हजरत बिलाल की या दो चार मारूफ सबा की हजरत अब्दुल्ला इबने उमर का जिक्र कौन करेगा हजरत जुबैर बिन आवा की बात कौन बताएगा हज़रत अम्म बिन यासर का तस्करा कौन करेगा हाफिजुल हदीस हजरत अबू हुरारा का, का जिक्र कौन करेगा अमीन उम्मत हजरत अबूबै बिन जर्रा काेगा का? हजूर ने जिन्हें की तलवार कहा जनाब खालिद बिन वलीद उनका तस्करा कौन करेगा और मेरे रसूल करीब सल्लाम ने फरमाया ज़मीन के ऊपर और आसमान के नीचे मेरे अबू जर गफारी से सच्चा बंदा कोई नहीं इनका जिक्र कौन करेगा और हजूर ने फरमाया सब जन्नत में जाने का शौक रखते हैं और जन्नत को शौक है जन्नत को शौक है जन्नत को शौक है कि सलमान फारसी कब का बाएंगे हजरत कब आएंगे मोलाली कब आएंगे? जन्नत आ, इनका शौक रखती है उनका जिक्र कौन करेगा मिजाज नहीं तो नहीं ख्याल नहीं तो स्याबा से प्यार करें और फिर हुजूर की औलाद पाक औलाद पाक मैं आपसे आप अर्ज करूं हम ना अपने मशाइ के और अपने उस्तादों के बच्चों का भी एहतराम करते तो असला नाल जनेकी करिए नस्ला ताक नहीं बोलते इमाम आजम अबीफा रहमत एक बाग में बैठे थे साथ शागिदे कुछ काम हो रहा था तहरीरी एक बच्चा गेंद खेल रहा था वो आता था इमाम साहब उड़ के खड़े हो जाते क्योंकि तो मेरे उस कप होता है असला नाल जिन्हें की करिए थे कायनात में हम पे इतने एहसान किसी और के हैं जितने मदीने वाले रसूल के तो फिर हजूर की ओलाते पाक हुजूर की अहले बेहते तज कराए तो नजरें झुके, दिलों के अंदर हजारत पैदा हो उनके प्यार की लहजा जुबान, वजूद उनके इक्राम में झुके। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया ये मेरी औलाद पाक है फरमाया जो इनसे मोहब्बत करे तो उनसे भी मोहब्बत फरमा और छठी बात बस मैं अपनी बात इसी पर खत्म करूंगा उम्मत-उम्मत के औलिया सूफिया इनका प्यार हमारे यहां ना जब से नफरत अंगेजी का मिजाज बनाया गया है ना तो लोग बड़े बड़े औलिया को माफ नहीं करते माज अ अपनी जुबानों के निष्तर जहां दिल करता है चलाना शुरू कर देते हैं रब करीम के बंदों की मोहब्बत हम मोहब्बत करते हैं औलिया अल्लाह से अल्लाह के दोस्तों से नेक लोगों दो. की जो मोहब्बत होती है ना वो दिल में नेकी पैदा करती है कुरान मजीद ने कहा याज अल्लाह मदी ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों की संगत इख्तियार करो नबी करीम सलाम ने फरमाया कभी सोबत ना इख्तियार करना मगर मुतक की कभी घर में दावत ना देना मगर नेक आद अच्छे लोगों की संगत हजरत अबू जरगिफारी रदी अल्लाह तुम्हें यारसोल्ला सल्ला तसल्म अगर कोई किसी कौम से मोहब्बत करे उनसे मिल ना सके प्यार बड़ा करे लेकिन मुलाकात मुलाकात ना कर सके वैसे हमारा माहौल आजकल और किसम का है हमारी अगर किसी को नेक समझ के मोहब्बत होती भी है तो हम कहते हैं मेरी मर्जी पर चालीस लिये मोहब्बत तब कायम रहेगी अगर तो इधर उधर हो गया ना ये इस जुमे को ना एक दोस्त टाइम लेने आ गए मेरी ये हालत हो चुकी है कि मैं रात को ढाई तीन बजे आया था बड़ा दो दिन का सफर करके वह मुजफ़रगढ़ गया चौक सरवर गया वहाँ से फिर कोट मिठन गया और यूं तय करता करता रात फिर आप अंदाजा करें कि रात इस वक़्त में चीचा बतनी में था और फिर दिन में भी मेरी मसरूफियत थी फिर यहाँ भी हाजिर हूं और इसके बावजूद जो हमारे जलसों की रस्में होती हैं वो भी सारी हमें देखनी पड़ती हैं टाइम से आ भी जाएं तो फिर भी जो सारा माहौल है ना उसके मुताबिक ही आपको चलना पड़ता है नहीं हो सकता कि आप किसी वक़्त किसी चीज़ से निकल जाएं। बल्कि बाज दोस्त तो ये भी कह देते हैं कि तुम आ भी गए हो तो मैं कहना सामू तुम वहला समझ लो ना काम को नहीं सी तैमें लोगों का ख्याल है ना अब आपको मगर के बाद बुलाया था लेकिन आते आते दोस्ता कर देते हैं कहते हैं रूटीन ही ऐसी है। चलो एक सवाल तो पूछने शादी से लिखा कार्ड से एक बजे रवानगी बरात लिखा हाँ ना तो करो ना कि झूठ तो क्यों लिख दार बजे लिखो नी हसने वाली रोने वाली बात सारे मुश्तर बड़े बरादरी किधर उधर बैठ के झूठ लिखते हैं आप कहें है कि चार बजे जाएगी खत्म होगी बात हम ना इस तरह का माहौल बन गया वो आते आते चार भी। ये क्या बात है? आप सच बोलें, सच्ची बात करें कुछ बंदा सच्ची बात को कबूल भी करे अबू जाल को पता था ना वो जो सच्चे कहते थे ना सचे हैं फिर मान गया था आप सच बोलने सच बोलना शर्त है कोई माने चाहे ना माने तो आखिरी बात यह अर्ज कर रहा हूं कि नबी करीम अलीसला तो सलाम ने फरमाया نے کوئی کسی سے پیار کرے، اعمال जैसे अमाल न कर सके तो अल्लाह के मबू फरमाने लगे अल्लाह जन्नत में इकट्ठा फरमा देगा इकट्ठा कर देगा इसलिए अल्लाह से रसूल से कुरान पाक से सयाबा से ओलिया से, से मोहब्बत करे अल्लाह हमें उसकी तोफी अदा करे आखिर उदावा से